19 दिसंबर के के दैनिक राशिफल राशिफल इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है और जैसा कि पूर्व में ही विदित था हमने आपको कल बता दिया था कि शाम पांच से छह बजे तक की हमारे ये लाइव सेशन रहेगा और इसी कड़ी में आज हम पांच बजे लाइव हुए है दर्शको, हैं दर्शकों आप लोग फोन कर सकते हैं नंबर टाइटल में दिया हुआ है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 20, 21, 22 तीन दिन हमारा जयपुर का प्रोग्राम है तो जो भी दर्शक जयपुर में या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं राजस्थान से आप लोग बिलोंग करते हैं तो निश्चित ही आप लोग आकर के अपनी जो है कुंडली का विश्लेषण मिल करके करवा सकते हैं आगे बढ़े दर्शक को आज का पंचांग कहता है पंचांग पांच छिहत्तर उन्नीस सौ इकतालीस गुरुवार दिन रहेगा सूर्य रहे होगा सुबह छह बजकर तिरपन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बारह मिनट पर कृष्ण पक्ष की दशकोंगी अष्टमी तिथि रहेगी नौ बजकर तेईस मिनट तक की जो है रात में इसके उपरांत नवमी तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि के बारे में हमने आपको पूर्व में बताया था ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है कि नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए करण रहेगा, रहेगा, रहेगा बालो और अंतिम करण रहेगा कलो अः योग रहेगा आयुष्मान इसके सौभाग्य योग रहेगा अः शुभ समय पर आ जाते हैं तो सुबह ग्यारह से बारह मिनट का समय काफी शुभ रहेगा तथा शाम को कर से ले करके और पांच बजकर तो दो बजकर सैतीस मिनट का शुभ रहेगा चंद्रदेव कन्या राशि में चलामान रहेंगे सूर्यदेव धनुराशि में चलाए मान है और दर्शकों आपको बताना चाहते हैं कि आज जो दिशा सूर्य रहेगा बृहस्पतवार का ये दक्षिण सूल है। दिशा आपको जो है उत्तर की ओर चार पक चलना पड़ेगा इसके बाद दक्षिण की ओर आपको यात्रा करनी चाहिए अः तो दर्शकों आप जो है जुड़ गए हैं और प्लीज आप लोग लाइक कीजिए इसके साथ साथ दर्शकों आप लोग भी कर सकते हैं नंबर हमने आपको जो है टाइटल में दिया ही हुआ है तो पहली हमने अपने इस चैनल पर कर दिया है साथ ही साथ वार्षिक राशिफल दो हजार बीस भी हमने डाल दिया है तो काफी कुछ धमाकेदार हमने उपाय बताए हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं मेध से लेकर मीन राशि तक के दर्शक जो है जो भी देख करके कर सकते मेघ राशि के जात आप थोड़ी सी मेहनत से मिलेगा, आप समाज के साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए बेहतरीन अच्छा रहेगा, रहेगा, अच्छा आप रहेगा उपाय के तौर पर घना का रहेगा तो आज गाय माता को आपको चलेगी दाल फिलानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा अच्छे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छेद जात को आज आप खुद कोई से भरा वो करेंगे। आज आज जिस को करेंगे आज आज को से कर तो अनुभव का सही प्रयोग कर पाएंगे आज नौकरी के लिए कोई बहुत अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज मीठा चावल बना करके आप लोग कघुओ को जरूर खिलाई शुभ कलर के लिए रहेगा वाइक शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन सामान्य रहेगा ऑफिस में आज रुके हुए काम सीनियर्स की मदद से पूरे होंगे साथ ही साथ आज धार्मिक योग बन रहे, का अच्छा रहे, रहे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सर कुरु साथ ही साथ विष्णु नाम का पाठ करना मिथुन राष्ट्र जातकों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच कैंसर जी हा कर्क राशि के जात को आज का दिन क्या कुछ रहता है तो कर्क राशि के जात को आज आपका दिन मिला जुला रहेगा आज ऑफिस में बॉस को एंटर करने के लिए राहत कि हो हो का, का अच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक सौ आठ पर जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो सिंह राशि के जातु क्या कुछ कहते हैं आज आज आपके सितारे तो आज दिन खुशियों से भरा रहेगा खास करके जो विवाहित लोग हैं ये जीवन साथी के साथ आज घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं आज आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे आज का दिन जो है बच्चों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं तमाम लोग जुड़ गए हैं आप लोगों का अभिनंदन है स्वागत है उपाय के, के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को नारायण कवच का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो <coughs> माफ सकेगा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकोट तो है, है, तो अच्छा से संबंधित कोर्स कर रहे हैं उनको आज सफलता प्राप्त होगी आज ऑफिस में जूनियर आपके जो है काम करते हुए दिखाई पड़ रहे आपका हेल्प करेंगे साथ ही साथ आज आपसे कोई धन संबंधी जो है मदद आपके ऑफिस आदि में आज के दिन आपके मन को शांति मिलेगी कहीं पर जो है बाहर क्या करके एकांती जो है आप तलाश करेंगे कोई तो कोशिश कीजिएगा की आज यदि हो सके तो एक तुलसी जी का पौधा अपने घर में जरूर लाके लगाइए और एक देशी आपको जला करके रखना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रीन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ लिब्रा जी हाँ तुला राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन मिला जुला रहेगा इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर आज आपका पैसा थोड़ा सा एक्सपेंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप अपने बिजनेस आज के दिन जो है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सुबह स्नान करने से पहले आज, आज आप लोग कोशिश कीजिएगा की जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करिए दूसरा विष्णु साहिस्त नाम का आज आपको पाठ करना रहेगा तुला के जात को शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा ये, रहे रहे ये रहे तो रहे रहे तो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए जय श्री राम का उद्घोषिक राशि आज के अच्छा रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज आपको कोई कोई गुड न्यूज़ खुशखबरी प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ जो, का जो है फूल की मालक चढ़ानी रहेगी इससे आपके सभी मनोरथ सभी काम बनेंगे उपाय बता दिया कि हनुमान जी की आराधना करिए कलर पर जाते हैं तो पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा एक आपके लिए अंक रहेगा। जी धनुराश के क्या कुछ कहते हैं आज आपके सुनहरे तो मौके मिलेंगे परिवार के साथ आज आपका वक्त अच्छा बीतेगा दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर सकते हैं छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा आज किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने में आज आपको काफी राहत महसूस होगी आज उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने के भी बनना है किसी प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपका दाखिला उपाय तौर पर आज आज करना क्या रहेगा तो आज आप लोग नारायण कवच का पाठ करिए दूसरा धर्म स्थान पर आप लोगों को जो है पुस्तकों का दान करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाठ कैप्रिकॉन मकर राशि क्या कुछ कहते हैं आज आज आपके सितारे तो आज अपने दायरे को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश को को को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं आर्थिक पक्ष आज कुल मिलाकर आपका मजबूत रहेगा मकर राशि के जात को वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा तथा आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को गाय को चने की दाल और गुड़ ये दो चीजें आपको खिलाने रहेगी तथा आज किसी बच्चे को आप लोग जो है यदि उसके शरीर पर रुक नहीं है तो किसी गरीब बच्चों को वस्त्रों प्रदान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला अंक रहेगा, रहेगा छोड़ी जो अगली राशि तो राश हो, हो, हो सकती है जो लोग बिल्डर्स है बड़े बड़े या जो लोग जो है क्या वर्क करते हैं उनके आज का दिन शुभ रहने वाला है प्रमोशन के तमाम चांस विवाहित के लिए आज जो है स्थिति अच्छी रहेगी और एक चीज बता दें कि आज देखिए सबसे बड़ी अगर आप अभिवाहित हैं तो आपके लिए कोई विवाह का प्रस्ताव इत्यादि भी आ सकता है और कोई नए फ्रेंड संबंध की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों को हो सकती है करना क्या रहे? तो देखिए जो तुलसी जी की मिट्टी होगी उसको लेते आइएगा नहा और नहाते वक्त उसका प्रयोग कर लीजिएगा अपने रहेगा और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाइए ये अपने आप में समृद्धता का सूचक है अच्छा धन लाभ दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंग आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार अंतिम राष्ट्रीय फटाफट आप लोग प्लीज जय श्री राम का उद्घोष जरूर कर दीजिए क्योंकि ये जो राशिफल है उन्नीस दिसंबर का ये जय श्री राम के उद्घोष से जो है इतना बड़ा समुन्दर बन जाए कि लोग देखते ही रहे कि हाँ यहाँ पर भी राम नाम के जो है जमने वाले भगवान तमाम भक्त हैं तो प्लीज जैसे कीजिए मीन राशि पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं टीचर्स के साथ आज आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे कई दिनों से चली आ रही आर्थिक उलझने आज खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है छात्रों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा आज शत्रु पक्ष आपसे दूरी बना करके रखेंगे कोर्ट कचहरी के मामलों में दूसरा की आज हनुमान जी को बूंदी का भोग आपको लगाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो ये जो था हमारा मैं इससे लेकर मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हमारे और दर्शकों और अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत जाते, जाते जाते आप सभी लोगों से विदा लेते हुए जो है अः इस उम्मीद के साथ छोड़े जाते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जय श्री राम को उद्घोष जरूर किया होगा तीजिये इजाजत तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम